रोक लो रोक लो मैडम हाँ जी मैडम बाहर आइए आप बंदर आ जाते बाहर आइए अभी आना है जल्दी जल्दी यहीं पे अरे बाहर आइए मैडम यहीं पे हाँ जी मैडम क्या कर रही हो मैं बी ए फर्स्ट ईयर अन्ना यूनिवर्सिटी अरे मतलब कैसे चला रही थी ऐसे मेरा मतलब है कि इतनी तेज क्यों चला रही थी सर वो उसकी कोई वजह थी मम्मा का फोन आया हुआ था मम्मा से बात कर रही थी अच्छा मतलब 40 की स्पीड पर फोन पर बात कर रही थी सर आप जैसे लोगों से तो शकी करवा लो आप ये तो पूछो मम्मा का फोन क्यों आया हुआ था क्यों आया था सर वो ना एक्चुअली मुझे ना गाड़ी ले जाते वक्त सीट बेल्ट पहनने की आदत नहीं है मैं ऐसे ही लेके निकल जाती हूँ तो मम्मा मुझे बोल रही थी कि आज तो सीट बेल्ट पहन के जाइयो मतलब 40 की स्पीड पर फोन पर बात करके और सीट बेल्ट बेल लगाने ही वाली थी और मैंने देखा ग्रीन से रेड हो गई लाइट मैं उसको जम कर अच्छा, करी सर आपको ना मेरी मम्मी होना चाहिए था आप में और उनमें कोई फर्क नहीं है पता है एक तो पूछ तो लो कोई बंदा रेड लाइट जंप करके भाग रहा है कोई तो रीजन होगा ना उसका आम इंसान के पास तो कुछ है ही नहीं ना बस आप लोग शक शक शक करते रहो कभी कभी घर पे शक करो, कभी पे शक करो करो सड़क वो एक्चुअली पीछे किसी को ठोक दिया था तो उसके रिश्तेदार पीछे आ रहे थे पकड़ने के लिए मुझे तुम गाड़ी ठोक कर आ रही हो पता नहीं गाड़ी के अंदर बैठे भी थे दो लोग तुम्हें कुछ होश है कि गाड़ी कैसे चलाते हैं सर वो जिस दिन लाइसेंस बनेगा उस दिन समझ आ जा जाएगी लाइसेंस भी नहीं बना नहीं सर लाइसेंस बना के करूंगी एक बात बताओ मैं अपने घर वालों को बोल रही हूँ मुझे गाड़ी दिला दो, गाड़ी दिला दो, कब से बोल रही हूँ की गाड़ी दिला दो कोई दिलाई नहीं रहा मैं क्या करूँ ये किसकी गाड़ी है ये पता नहीं किसकी गाड़ी है, खुली थी तो मैं लेके आगे मैंने सोचा एक राउंड लगा के आती हूँ तब तक आप मिल गए ये गाड़ी क्यों लुटी तुमने सर वो पापा के पास बैंक जाना था ना जल्दी जल्दी पापा बैंक में हाँ सर पापा बैंक में पापा को बुला पापा आई नहीं पाएंगे सर पुलिस आने नहीं देगी पुलिस बैंक लूट रहे थे ना बिना मास्क के।